मकसद पूरा नहीं हुआ अभी सोचता हूँ एक बार फिर से जी ले मकसद पूरा नहीं हुआ अभी सोचता हूँ एक बार फिर से जी ले तो साथ है तो क्या गम है जमाने भर का जहर भी पी लें कई आए और कई चले गए समझाकर मुझे कई आए और कई चले गए समझाकर मुझे मिले बहुत मिले पर केशव तेरे जैसा साथ देने वाले आज तक नहीं मिले केशव तेरे जैसा साथ देने वाले आज तक नहीं मिले